हेलो गाइस वेलकम और माय चैनल कैसे हैं आप सभी आपका स्वागत है आज मेरे वीडियो में तो गाइस इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डाउनलोड वीडियो फ्रॉम यूट्यूब ये मतलब यानी कि हम वीडियो यूट्यूब से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इन गैलरी यानी कि अपने फोन की स्टोरेज में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आपने देखा होगा अक्सर जैसे हम यूट्यूब पर कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर जैसे हमने डाउनलोड कर बटन पर क्लिक किया और वहाँ पर वो डाउनलोड होना शुरू हो गई फिर हमको क्वालिटी सेक्ट करनी पड़ती है बहुत कम क्वालिटी आती है वहाँ पर तो वो जो डाउनलोड करते हैं वो यूट्यूब में सेव रहती है और फिर पाँच छः दिन के बाद कुछ दिन के बाद यानी कि हमको फिर से डाउनलोड करनी पड़ती है तो ये दिक्कत हमारे अंदर भाई चलती रहती है चलती रहती है तो आज इस दिक्कत को यही अगर मिटाने वाले हैं एक आपके बारे में बताऊंगा, जो डाउनलोड कर देगी आपकी वीडियो शेयर कर देगी आपके फोन में किसी के भी साथ शयर कीजिए कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है फोर के में भी आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं उसमें एट केमी वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें जितनी साफ वीडियो होगी इतनी वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें कोई सी वीडियो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं जी आपने सही और एम के में भी आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं टू हंड्रेड प्लस क्वालिटी में तो हाँ इस वीडियो में हम उसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम एमबी की एप्लीकेशन है और उसमें ब्राउजर भी चल जाता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप ठीक है दोस्तों तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं किसी तरीके तो भाई आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी ऐप है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वीडियो यूट्यूब से तो सिंपली हम क्या करते हैं गाइस ओपन कर लेते हैं अपना क्रोम कोई सा ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सिंपली क्या टाइप करना होगा गाइस ट्यूब वही वीडियो देखेगा कुछ समझ नहीं आएगा वर्न आपके तो गाय जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने गेट द बेस्ट वीडियो एंड म्यूजिक यहाँ पर लिखा हुआ आया है और सर सबसे ऊपर स्नैप ट्यूब लिखा हुआ आ रहा है तो हम यहाँ पर सिम्पली क्या करेंगे गाय इसके ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे चाहे तो आप बेटा वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये डाउनलोड करें कुल वाला वर वर्जन ही जहाँ पर डाउनलोड पर लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड पर यहाँ पर आपको सामने ये दिखाई देगा दिस टाइप फाइल कैन हार्म नो डिवाइस लगभग सारी ऐप ही हमारे फ़ोन के लिए हार्म होती है कुछ भी अगर सभी थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो ये क्या करता है क्रोम देता है ये ऐप आप आपके लिए हार्म है जो मतलब फ़ोन बहुत पहले से चलाते हैं उनको पता होगा वह तो सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे लेकिन हम ओपन पर फिर बाद में क्लिक कर देते हैं अगर किसी का नहीं भी आता है तो आपको सिम्पली अपनी फाइल्स ओपन कर लेनी है और यहाँ पर फाइल मैनेजर पर जा लेना है यहाँ पर क्या करना होगा आपको इंटरनल स्टोरेज दिख जाएगा हमारे इसमें फाइल्स में फ़ोन फाइल स्टोरेज लिखा हुआ है और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे हमारा यहाँ पर मिल जाएगा वह एप्लीकेशन यहाँ पर थोड़ा सा ओपर ये यह रहा यहाँ पर यह एप्लीकेशन यहाँ hmm! पर हम अलाउ फोन कर देते हैं इसको परमिशन दे देते हैं इंस्टॉल करने के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारे स्नैपट यहाँ पर इंस्टॉल होने लग रहा है और यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं देखते हैं कि इंस्टॉल कब होता है लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डन हो चुका है इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे फिर से अंदर जाकर तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्नैप ट्यूब यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर जैसे हम स्नैप ट्यूब ओपन कर देते हैं जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट टाइप बताता हूँ कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको नोट नोट क्लिक कर देना है और यहाँ पर मी पर चल जाना है चाहे तो आप अबाउट में जाकर इसका अपडेट चेक भी कर सकते हैं कि अपडेट आया है अब तक या नहीं और गाय यहाँ पर आप चाहें तो अपना ये स्नैप स्नैपटूब लिंक कर सकते हैं इस यूट्यूब से और देखिए हमने यहाँ पर कितनी वीडियो यहाँ पर डाउनलोड की हुई है यहाँ पर आपको माई फाइल्स में जाकर दिख जाएगी और चाहे तो आप इसमें से भी अपना यूट्यूब चला सकते हैं कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं गाना वाना सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर फोर वीडियो सर्च करते हैं तो यहाँ पर हम फोर वीडियो यहाँ पर जैसे सर्च करते हैं गाइज तो हमको यहाँ पर ये यह डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है आप यहाँ पर वन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमने मोर ऑप्शंस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको फोर के हो जाएगा मतलब फोर के आ जाएगा और यहाँ पर जैसे हम दूसरी वीडियोस देखते हैं डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो यह फोर है यहाँ पर सेवन की है उस क्योंकि वन आर की वीडियो है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर के वीडियो है नाइन्टी सिक्स एम की है सिर्फ बहुत ही मतलब छोटी वीडियो है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो और अब हम एक और दूसरा तरीका बताते हैं जैसे आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए कोई फोर वीडियो है फोर वीडियो फोर नेचर मान लीजिए फोर नेचर भरेंगे तो फिर भी ये वीडियो आ जाएंगी और जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही हमारी वीडियो अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी एक का ऑप्शन मिल जाता है आपको और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा यहाँ पर स्नैप ट्यूब शायद मिल जाता है ये रहा डाउनलोड विद स्नैप ट्यूब और यहाँ पर अगर आप चाहें तो वन एट्टी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको फोर के में भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप कोई सा गाना डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इसको ही मान लीजिए अब आप, आप कोई गाना देख रहे हैं डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड पर क्लिक किया और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एम पी थ्री थ्री हंड्रेड ट्वेंटी के बी पी देखिए मैंने टू हंड्रेड के से भी ज़्यादा बताया था आपको लेकिन इसमें थ्री हंड्रेड से भी ज़्यादा यहाँ पर हमको क्वालिटी मिल जाती है और ये सिर्फ नाइन एम का है और अगर आप इसको सेवेंटी के में भी डाउनलोड करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा साफ आवाज आती है क्योंकि ज़्यादा मतलब कुछ कम क्वालिटी नहीं होती है सेवन टी के पी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जिसे अपना ज़्यादा डाटा नहीं खर्च करना है वो चाहे तो 2 एम वाला भी डाउनलोड कर सकता है लेकिन अगर आप चाहे तो एम कम एम वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है कमी फ़र्क होता है इनकी 320 हंड्रेड में वन सिक्सटी में बहुत ही कम फर्क होता है लेकिन अगर आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं अगर जिसके पास डाटा की कोई कमी नहीं है तो हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में